है गाइज़ वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल तो कैसे हैं आप सब बहुत ज़्यादा ज़्यादा अच्छे होंगे तो फाइनली गाइज़ आज मैं लाई हूँ आपके लिए पार्टी मेकअप लुक ठीक है और जो मेरी ये वीडियो पहली बार देख रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना कॉमेंट कर देना ठीक है जल्दी जल्दी कर दो बाद बाद में सुनेंगे ठीक है तो अब चलिए जल्दी से अब हम मेकअप स्टार्ट कर देते हैं अपना तो अफोर्डेबल मेकअप प्रोडक्ट है पहले तो आप अच्छे से परचेज़ कर सकते हो उनको और वो भी अफोर्डेबल रेंज में तो चलिए अब मेकअप के बारे में आपको बताती हूँ यहाँ पे मैंने मोदी केयर की सनस्क्रीन ली है मॉइस्चराइज़र नहीं था मेरे पास आज पता नहीं कहाँ था मिला नहीं बहुत दिन बाद वीडियो बनाई थी इसलिए ठीक है तो मैंने इसलिए आज मैंने सनस्क्रीन ली है अपनी तो वो मॉइस्चराइज़र का मेरे लिए काम करेगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आप देख सकते हो कितना तो अच्छे से ब्लेंड हो गई है हमारी स्किन में तो मैं इसलिए आज ये सनस्क्रीन से ही अपना मॉइस्चराइज़र का काम करूंगी उसके बाद मैंने लिया गया यहाँ पे एलोवेरा जेल ठीक है तो एलोवेरा जेल का काम होगा मेरा प्राइमर का ठीक है आपके पास अगर प्राइमर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो मेरे पास भी है तो मैं वो भी यूज़ करती हूँ लेकिन अफोर्डेबल मैकअप प्रोडक्ट है तो इसलिए आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एलोवेरा जेल बेस्ड प्राइमर के रूप में ठीक है तो आप लगा लीजिए यहाँ पे एलोवेरा जेल उसके बाद इसको बहुत अच्छे से अपनी स्किन में एब्जॉर्ब होने दीजिए अभी तो मतलब मैं वीडियो मतलब लगातार बना रही हूँ तो मैं आ, मतलब आपको बता रही हूँ अगर आप ये वाला एलोवेरा जेल लगाते हो पतंजलि का तो एक दो मिनट आप इसको लगा के ऐसे छोड़ दीजिए ठीक है ताकि वो आपकी स्किन में अच्छे से एबजॉर्ब हो जाए उसके बाद लिया है मैंने यहाँ पर कवर स्टूडियो का कंसीलर ठीक है कवर स्टूडियो कंसीलर लिया उसके बाद मैं अपने आ, जो भी मेरे डार्क स्पॉट्स होंगे पिंपल के निशान होंगे एक्ने वगैरह जो भी होगा हमारी जो स्किन की टोन होती है वो बहुत ज़्यादा अलग अलग होती है ठीक है तो उसको सेट एंड देन उसको इवन टोन करने के लिए हमको कंसीलर अप्लाई करना चाहिए आ, मैं इसको सबको सजेस्ट करती हूँ कि आप वो कंसेलर ज़रूर यूज़ करें जो भी आपकी स्किन के अकॉर्डिंग आपको ठीक लगता हो ठीक है बाकी भी अफोर्डेबल रेंज में है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब चीज़ों के लिंक मिल जाएंगे गाइज आप जाके चेक कर सकते हो ऑनदेन अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो आप परचेज़ भी कर सकते हो ठीक है तो उसके बाद यहाँ पे मैं कंसेलर को अच्छे से सेट कर रही हूँ अपनी स्किन में और मैं यहाँ पे ग्रीन कलर का कंसेलर भी मैंने अप्लाई किया था आपने देखा होगा तो वो भी मैंने मतलब ब्लेंड कर लिया है छोटे पिम्पल वगैरह जो भी होते हैं हमारे वो थोड़ा हाइड हो जाते हैं कंसेलर से उसके बाद मैंने लिया यहाँ पर स्विच ब्यूटी का ये डबल कोटिंग वाला है इसमें मतलब आप अपने आईब्रो को फिल अप कर सकते हो एंड देन इसके साथ ही आपको जेल लाइनर भी मिलता है बिल्कुल मुफ्त ठीक है तो जेल लाइनर भी अभी मैं अप्लाई करूंगी अपने मेकअप में वो किस तरह करूंगी वो भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगी ठीक है तो अभी मैं पहले यहां पर अपने आईब्रो को फिलअप कर रही हूँ जैसे भी आपको शेप चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग शेप बना सकते हो कर सकते हो ठीक है बाकी मैं यहाँ पर अपनी आईब्रो को एक अच्छे से शेप देगी जो भी मतलब मेरे को ठीक लगेगी आ, मैं शेप दे दूँगी अपनी आईब्रो को फिलअप कर दूँगी अच्छे से आप भी अपनी पसंद से अपनी आईब्रो को एक शेप दे दीजिए बाकी तो गाइज मेरा मोस्ट फेवरेट है ये ठीक है स्विस्ट ब्यूटी का जो ये होता है डबल कोटिंग वाला जेल लाइनर विथ हमारी आईब्रो शेप के लिए पाउडर होता है इसमें ठीक है तो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है मैं अपनी मतलब अधिकतर वीडियो में ये मतलब यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरा फेवरेट है And then most important बात ही बहुत अच्छे से हमारी आईब्रो को draw कर देता है और बिल्कुल भी extra मतलब एकदम से अलग नहीं लगता पैसी लुक नहीं देता ठीक है तो उसके बाद मैंने spoolie पुली ली थी तो उस पुलिस से मैं अपनी आईब्रो को सेट कर देता था उसके बाद लिया है मैंने यहाँ पर दोबारा से अपना कवर स्टूडियो का कंसीलर कंसेलर हमको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए अपनी आईब्रो को शेप देने के बाद उससे क्या होता है हमारी जो आईब्रो है वो हो जाती है बहुत अच्छे से तो फाइनली मैं यहाँ पे दे रही हूँ अपनी आईब्रो को एक लास्ट पैची लुक ठीक है तो आप जो भी अपने शेप दोगे तो उससे आपका जो ये कंसीलर से मतलब शेप देते हो बाद में तो क्या होता है आसान भी होता है जैसे मतलब हम स्पूल से सेट करते हैं तो थोड़ा बहुत मतलब एक्स्ट्रा लग जाता है इधर उधर उसके बाद हमको कंसेलर इसीलिए अप्लाई करना चाहिए उसके बाद यह है मैंने थोड़ा सा ये आ, ब्रश तो इससे मैं अपने कंसीलर को बिल्कुल सेट कर दूँगी एंडर उसके बाद मैंने लिया यहाँ पर लेक में लूज पाउडर सेटिंग पाउडर भी बोल सकते हो मेकअप सेटिंग पाउडर भी बोल सकते हो एंड देन लूज़ पाउडर भी बोल सकते हो बहुत अलग अलग चीज़ें के नाम होते हैं ठीक है बाकी चीज़ें ही है ठीक है भाई तो उसके बाद मैंने यहाँ पर अपने कंसेलर को सेट कर लिया है अपने लूज पाउडर से उसके बाद ही यहाँ पर मैंने जैकले खींचाई शेडो पैलेट जो कि मेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरी फेवरेट ओके और ये भी गाइस अफोर्डेबल रेंज में है तो आप इसको भी बहुत अच्छे से बिल्कुल कम बजट में अफोर्डेबल मेकअप प्रोडक्ट के साथ ये वाले आइशोडर पैलेट आप जो कलेक्ट कर सकते हो अपने पास ठीक है गाइस तो मैं यहाँ पर पहले मैंने लिया था डार्क ब्राउन कलर देखा होगा आपने और थोड़ा मरून मरून मरून मरून, मरून शेड था ये तो मैं इसको कर लूँगी ब्लेंड अपनी आइज़ में अच्छे से उसके बाद मैं अपनी कट क्रीज में ड्रा करूँगी देख रहे हो आप बिल्कुल ऐसे ही करना है ठीक है अगर ये वाला लुक आपको चाहिए ठीक है ठीके? तो इसको मैं बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी जो कि मेरा आई मेकअप है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से निकल के आए इसलिए मैं इसको ब्लेंड करूँगी बहुत अच्छे से आप कभी भी अगर ब्लेंड करते हो अपने आईज में कोई भी कलर करते हो तो उसको अपने कटक्रिस के नीचे ही लगाओ अंदर उसको जब आप ब्लैंड करते रहते हो करते रहते हो करते रहते हो तो वो क्या होता है हमारी कटक्रिस से अपने आप ही ऊपर चले जाता है एक पॉइंट शेड ठीक है उसके बाद मैं जहाँ पे अपना मतलब शिमरी ग्लिटर जो भी है मतलब वो ऐड करूँगी उससे पहले हमको क्या करना होता है आइज़ कंसीलर राइट तो देखिए मैं अभी कंसील कर रही हूँ अपनी आईज में जहाँ पे भी मुझे मतलब ग्लिटर चाहिए होगा करना होगा तो वहीं पे मैं ये जो है कवरेज स्टूडियो का कंसीलर वहीं मतलब ऐड करती रहूँगी अपनी कट फीस को ड्रॉ करूँगी जहाँ पर भी मुझे वो ऐड करना होगा तो देखिए मैं कंसिले से, से कैसे अपनी कट पीस को ड्रा कर रही हूँ एंड देन आप भी मतलब फिनिश लुक देने के लिए मतलब कभी भी कोई मतलब दूसरा कलर यूज़ करते हो तो उससे पहले आप अपनी कट पीस को ड्रा कर लीजिए उसके बाद मैंने यहाँ पे देखिए मैंने आपको शेड दिखा दिया है और ये जो है मेरे ड्रेस के अकॉर्डिंग मतलब थोड़ा सा मैचिंग मैचिंग शेड है तो मैं यही वाला शेड जहाँ पर मैंने अपनी कट पीस ड्रॉ की थी और वो डबल कट पीस तो मैं नहीं भूल सकती उसको आज ठीक है बाकी इस मेकअप को आप अपना ग्लेटर मेकअप भी बोल सकते हो एंड देन शिमली आई आई मेकअप भी बोल सकते हो ठीक है तो उसके बाद मैंने यहाँ पे एक दूसरा मतलब ब्रश लिया है आई मेकअप का उसके बाद जहाँ पे मैंने कट क्रीज ड्रा की थी वहाँ पे मैं ये वाला शिमली कलर थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ ताकि जो मेरा आई मेकअप है वो ज़्यादा उभर जाए और ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगे एंड दैन साथ ही मैं अपने आईज में भी इसको वैसे ही ड्रा कर रही हूँ आप लास्ट में लुक देखना कितना प्यारा एंड देन फिनिश लुक आएगा ठीक है तो आप ऐसे ही अपनी कर लीजिए उसके बाद मैंने पे दोबारा से हल्का सा मैरून शेड लिया है उसको मैंने आ, अपनी आउटर कॉर्नर में फिल किया है उसके बाद एंड देन मैं उसको धीरे धीरे धीरे धीरे ब्लेंड करूँगी आगे के लिए आपको वीडियो में थोड़ा तो फास्ट लग रहा होगा बट आप उसको धीरे धीरे ब्लैंड करना नहीं तो क्या होगा जहाँ पे आपने शिमरी शेड अप्लाई किया है वहाँ पे भी वो झड़ जाएगा इसलिए आप उसको बहुत ज़्यादा मतलब धीरे धीरे ठीक है उसको मतलब अप्लाई करना आप उसका ऐसे अप्लाई करते जाइए मतलब कि ब्लैंड करते जाइए ठीक है उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर लिया है ब्लू हेवन का लाइनर तो मैं लाइनर जो है वो थोड़ा सा मोटर ड्रॉ करने वाली हूँ आज क्योंकि मैं पलके मतलब लगाऊंगी तो आप कभी भी पलके लगाओ तो पहले लाइनर लगा लो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ठीक है लाइनर जब आप लगा लेते हो उसके बाद जब आप पलके लगाते हो तो आपको मतलब खाली खाली कैर कैट नहीं दिखता ठीक है पलके लगाने के बाद भी आप लाइनर लगा सकते हो जैसे मतलब कहीं से हट जाता है कुछ हो जाता है मतलब तो आप मतलब फिर से मतलब लाइनर अप्लाई कर सकते हो लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो है वो आप ये है कि आप पलके लगाने से पहले अपना लाइनर जो है थोड़ा तो सा मोटा लगा लीजिए क्योंकि तो जब आप पलके लगाते हो तो पलकों की जो मतलब जगह होती है वो हमारी लाइनर की जगह जो होती है वो घेर होती है ठीक है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यही थी मैं यहाँ पर लगा रही हूँ लाइनर क्योंकि मैंने थोड़ा सा मोटा लगाया है मतलब तो अभी आप देखना फिनिश हो गया है उसके बाद मैंने जिससे मैंने मतलब अपनी आई आईब्रोज को फिल किया था तो मैंने आपको बताया था उसमें जेल लाइनर मिलता है उसके बाद मैं जेल लाइनर ही अपनी आ, लोवर लेस लाइन में अप्लाई कर रही हूँ ठीक है अधिकतर तो मैं मतलब अपने मेकअप में नहीं अप्लाई करती बट आज मैंने किया है कुछ वीडियो में मतलब मैंने लोअर लेस में आ, ये जो जेल लाइनर है ये अप्लाई किया है काजल है आप वो, वो भी यूज़ कर सकते हो बट मैं काजल इसलिए यूज़ नहीं कर रही हूँ एक्चुअली वो फैल जाती है इसलिए अगर जिसकी आँखों में काजल फैलता है तो वो ये जेल लाइनर यूज़ कर सकता है ठीक है उसके बाद मैंने मस्कारा लगा लिया यहाँ पे तो अभी आप देखना कि मैं क्या करूँगी ग्लू लगा के मैंने अपने पलके के दिए दिया साइड में क्योंकि तब तक मैं, मैं अपना फ़ेस मेकअप कर लूँगी जब तक कि थोड़ी सी क्या होगी ड्राई होगी आप कभी भी पलके लगाओ तो मतलब जिसको नहीं लगानी आती है मैं उसके लिए बता रही हूँ चीज़ आप ग्लू लगा के पहले अपनी लेसेस में उसको साइड में रख दीजिए जो थोड़ी देर बाद थोड़ी सी ड्राई हो जाए उसको तब अप्लाई करना ठीक है अभी मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे अप्लाई करोगे इसको। तो, तो मैंने यहाँ पर लिया है मे बी इन फाउंडेशन ठीक है ये भी अफोर्डेबल रेंज में है जो भी मतलब मेरे अधिकतर प्रोडक्ट होंगे वो मतलब थाउजेंड से मतलब नीचे के होंगे महंगे नहीं होंगे बल्कि बहुत ही ज़्यादा सस्ते होंगे पाँच सौ या फिर मतलब ढाई सौ तीन की रेंज में है ठीक है जो फिटमी की फाउंडेशन है ये मेरी फेवरेट फाउंडेशन है अधिकतर मतलब मैं इससे अपना मेकअप लुक करती हूँ उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है लेग्समे का सेटिंग पाउडर जो कि मैंने अपना आइज में जब मतलब मैंने आ, आईजो को फिलअप किया था वहाँ पे जब मैंने कंसीलर ड्रॉ किया था उसको सेट करने के लिए जो मैंने लूज पाउडर यूज़ किया था लेगमे का वही लूज़ पाउडर है मतलब सेटिंग पाउडर है कुछ भी बोल सकते हो आपको उसके बाद मैंने इसको मतलब अपने दूसरे ब्रश से कर दिया है बिल्कुल सेट ठीक है अगर आपके पास ब्यूटी पार्लर नहीं है तो आपने मेकअप ब्रश का भी काम कर सकते हो ठीक है तो यहाँ पर मैं आप लगा रही हूँ पल के अपनी ठीक है तो आप देखो कितनी जल्दी से वो चिपक जाएगी अभी आप देखना बस मैंने रखी है ऐसे ही और झटपट से ये लग गई हमारी पलके जिसको नहीं लगानी आती है पल मैं उनके लिए चीज़ बता रही हूँ आप ग्लू लगा के थोड़ी देर रख दीजिए उसको जो वो हल्का सा ड्राई हो जाए तो उसके बाद देन आप अपनी आईज़ में उसको रख लीजिए मतलब पलकों में रख लीजिए वो एकदम सही ही जाती है ठीक है उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है डबल कोटिंग वाला इसमें मेरा ब्लश भी है एंड देन हाइलाइटर भी है ठीक है मेरे को ज़्यादा मतलब पिंक पिंक पसंद नहीं है तो मैं मतलब यही वाला यूज़ करती हूँ मैं कोई दूसरा ब्लश यूज़ नहीं कर रही हूँ ठीक है मैंने सिर्फ यही वाला लगाया है देखिए कितना अच्छा से हाई हो गया एंड देन थोड़ा सा ब्लश लुक आ गया है तो बस मैं यहाँ पे यही अप्लाई करूँगी ठीक है गाइज़ उसके बाद मैं अपना मतलब आई मेकअप को मतलब थोड़ा सा एक हाई करने के लिए जो भी मतलब आप कभी भी मेकअप करो तो मैंने वहाँ पर भी थोड़ा सा हाई लगा लिया था उसके बाद एंड देन गाइज़ मैंने यहाँ पे लगाई है अपनी हुडा की लिपस्टिक इसका लिंक भी मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है आप चाहो तो चेक कर सकते हो ठीक है उसके बाद मैंने यहाँ पर लिपस्टिक लगा ली एंड देन मैंने यहाँ पर मेकअप सर से कर रही है मेरा तो मैंने यहाँ पे अपना मेकअप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए सेटअप कर दिया है उसके तो बाद मैंने थोड़ा सा हवा हवा करके मतलब उसको सेट कर लिया तो जल्दी जल्दी ताकि ठीक है उसके बाद ये गाइज मेरा फाइनल लुक आप देख सकते हो मेरा आई मेकअप न्यू लुक है बिल्कुल ग्लैमर है ग्लोइंग है कुछ भी बोल सकते हो आप इसको यह है मेरा प्रॉपर मेकअप लुक मैं ये जो ज्वेलरी जो है इसका मैं लिंक आपको नहीं दे पाऊँगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइज क्योंकि ये मैंने यहीं से परचेज़ की थी जहाँ पर मैं रहती हूँ अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे आके ले सकते हो गाइज़ ठीक है तो ये है मेरा आज का फाइनल लुक आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना एंड देन वीडियो को लाइक करना शेयर करना कमेंट करना मिलता है हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक ले बाय और प्लीज़ साथ साइड में एक बेल आइकन बन रखा होगा वहाँ पर प्रेस कर देना ताकि मेरी दे सारी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए बाय बाय बाय बाय गाइज